नमस्कार स्वागत अभिनंदन ज्योतिष के इस ऐतिहासिक चैनल एस्ट्रोविद आशीष पे हमारे तमाम दर्शकों के प्रश्न होते हैं कि पंडित जी हमारे ऊपर लगता है किसी ने कुछ करा धरा दिया है या हमारे ऊपर किसी ने तंत्र प्रयोग कराया है हम बहुत ज़्यादा चिचड़े रहने लगे हैं तो दर्शकों आप लोग कैसे पता करें यदि आप लोगों के पास आपकी कुंडली नहीं है या आप लोगों को अपनी एक्चुअल डेटा बर्थ वगैरह कुछ भी नहीं पता है लेकिन फिर भी यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग हुआ है इसका पता कैसे चले तो हम आपको कुछ टिप्स बताने जा, जा रहे हैं इनको आप लोग देखिए और यदि ये घटनाएँ आपके साथ घटित हो रही हो, तो जान जाइए कि आपके ऊपर कुछ ऊपरी बाधाएं हैं कुछ नेगेटिव एनर्जी का असर आपके ऊपर है तो अक्सर लोग सोचते हैं कि, कि किसी ने उन पर कुछ जादू टोना या तांत्रिक प्रयोग कराया है तो आइए जानते हैं कि इनके इनको पहचानने के क्या लक्षण हैं सबसे पहले तो दर्शकों हम आपको बताना चाहेंगे कि रात को सिराने एक लोटे में आप लोग पानी भर करके रखिए और इस पानी को गमले में लगे या बगीचे में लगे किसी छोटे पौधे में सुबह डाले बड़े पौधे में मट डालिएगा तीन दिन से एक सप्ताह में वो पौधा यदि सूख जाता है तो आप लोग जान जाइए कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक प्रयोग हुआ है दूसरा प्रयोग बताने जा रहे हैं रात्रि को सोते समय एक हरा नींबू तकिए के नीचे रखिए और प्रार्थना करें कि जो भी नेगेटिव क्रिया आपके ऊपर हुई है इस नींबू में समाहित हो जाए सुबह उठने पर ये यदि नींबू मुरझाया या रंग इसका काला पड़ जाता है तो आप जान जाइए कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हुई है यदि आपको बार बार घबराहट होने लगती है पसीना आने लगता है हाथ पैर बिल्कुल शून्य से हो जाते हैं डॉक्टर के जांच में सभी रिपोर्ट नॉर्मल आती है लेकिन अक्सर ऐसा होता रहता है तो आप लोग जान जाइए कि आप पर किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया अवश्य कराई है आप लोग तांत्रिक क्रिया के शिकार हो गए हैं आपके घर में अचानक अधिकतर बिल्ली साप उल्लू चमगाडर भौरा हो गया ये सब यदि इत्यादि घूमते दिखने लगे तो समझिए कि घर पर कोई ना कोई तांत्रिक क्रिया जरूर हो रही है अचानक से आपके घर के दीवालों में कोई कील वगैरह जो है किसी जो है अगर आप देख लें कि कोई कील गड़ी हुई है तो ये सब देख करके आप पहचान सकते हैं कि तांत्रिक क्रिया जो है आपके ऊपर हुई है भोजन में अक्सर कंकड़ आने लगे बाल आने लगे तो जान जाइए कि नेगेटिव शक्तियों का प्रभाव आप पर हावी है घर में सुबह या शाम मंदिर का दीपक जलाते समय विवाद होने लगे या बच्चा रोने लगे या बिल्ली के रोने की आवाज आए तो जान जाइए कि कुछ अच्छा नहीं है घर के मंदिर में अचानक से आग लग जाए घर के किसी सदस्य की अचानक से मृत्यु हो जाए घर के सदस्यों को एक से एक के बाद एक सदस्य बीमार पड़ते रहते हैं और दवा लेने के बाद भी वो स्वस्थ नहीं हो रहे हैं तो जान जाइए तांत्रिक क्रियाएं हैं घर के जानवर जैसे गाय हो गए भैंस हो गए कुत्ता हो गया जो है ये सब यदि अचानक इनकी मृत्यु हो जा रही है क्योंकि जो जानवर होते हैं इनकी सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है तो ये लोग अपने पर ले लेते हैं तो ये लोग यदि मर जा रहे हैं तो जान जाइए कि कोई ना कोई गड़बड़ आपके साथ आपके घर पर हो रही है शरीर पर अचानक नीले रंग के निशान कभी कभी बन जाते हैं तो इन पर भी जो है समझिए कि तांत्रिक क्रियाएं आपके ऊपर हो रही हैं घर में अचानक से स्मेल आती है गंदी बदबू आती है पूरा घर आप लोग साफ करते हैं उसके बाद भी वो बदबू नहीं जाती है तो जान जाइए कि, कि कोई तांत्रिक क्रिया हो रही है घर में ऐसा महसूस आपको होता है कि लगता है कोई हमारे आस है अगल बगल है तो जान जाइए कि, कि आपके घर पर कोई तांत्रिक क्रिया हो रही है आपके चेहरे का रंग अचानक से पीला पड़ जाता है तो यह भी एक प्रबल कारण है कि तंत्र जितना प्रयोग जो है प्रबल होगा आपके मुंह का रंग उतना ही पीला पड़ता जाएगा कपड़े अचानक से फट जाए उस पर स्ही या अन्य कोई दाग लगने लग जाए या वो कपड़ा खो जाए जल जाए तो जान जाइए की तांत्रिक क्रिया हुई है घर के अंदर या बाहर नींबू सिंदूर राई हड्डी इत्यादि की सामग्री बार बार मिलने लगे या घर पर छत पर पंछी कोई हड्डी ला करके जो है किसी जानवर की छोड़ दें तो जान जाइए कि आपके घर पर कोई तांत्रिक क्रिया हुई है चतुर्दशी के चतुर्दशी तिथि या अमावस्या को घर के किसी भी सदस्य या आप यदि अचानक से बीमार हो जाएं या चिड़चड़ापन आने लगे क्रोध अधिक करें तो जान जाइए कि आपके ऊपर नेगेटिव शक्तियों का हावी होना स्वाभाविक है घर में यदि रुकने का मन नहीं करता है घर के अंदर आते ही दिमाग आपका भारीपन लगता है आप जब बाहर जाते हैं तो आपको माहौल अच्छा लगता है लेकिन घर में जैसे एंट्री करते हैं वहां का एटमोस्फियर आपको अच्छा नहीं लगता है तो ये भी जान जाइए कि घर पे कुछ ना कुछ जरूर हुआ है तो दर्शकों ये कुछ लक्षण थे जिनके कारण आप जान सकते हैं कि घर में कोई तांत्रिक क्रिया हुई है कि नहीं हुई है कोई नेगेटिव शक्तियां जो है एक्टिवेट है कि नहीं है अब आप लोग पूछेंगे कि इनको डीएक्टिवेट करने का कर तरीका क्या है तो भाई साहब सीधा सा महामृत्युंजय मंत्र आप लोग करवा लीजिए वर्ष में दो बार कम से कम रुद्राभिषेक आप लोग अपने घर में अवश्य करवाइए प्रतिदिन सुबह और शाम कपूर से आरती आप लोग जरूर करिए पूरे घर में कपूर का जो है क्या कहते हैं जो आरती होती है उस आरती को पूरे घर में आप लोग जरूर दिखाइए गुगल और लोहबा की जो गंध होती है ये पूरे जो है घर में आप इसको दिखाइए हफ्ते में एक दिन सप्ताह में तीन दिन समुद्री नमक से आपको पोछा लगाना रहेगा जी हाँ पानी में डाल करके पोछा लगाना रहेगा एक प्रयोग और बताने जा रहे हैं कि कोशिश कीजिए कि आप ओम मंत्र का उच्चारण कम से कम पंद्रह मिनट करिए और अपने अंदर झांकने की कोशिश कीजिए सूर्य की रोशनी ये जितनी भी तंत्र क्रियाएं होती हैं इनको खत्म करने के लिए बड़ी प्रभावी होती है तो सूर्य की रोशनी के में सूर्य के प्रकाश में आप लोग कम से कम दस मिनट पंद्रह मिनट जरूर बैठिए कुर्सी डाल करके इससे भी आपके ऊपर यदि कोई क्रिया हुई होगी तो ये दूर होगा महामंत्र जी हाँ महामंत्र की संज्ञा गायत्री मंत्र को दी गई है विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद का बहुत ही सिद्ध मंत्र है तो गायत्री मंत्र की 21 बार आप लोग जाप कर सकते हैं और जिनके ऊपर क्रिया है यदि वो नहीं कर रहे हैं तो आप उनको अपने समीप बैठाल करके गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं निगेटिव क्रियाओं से तो अपने शरीर से हटाने के लिए सबसे अच्छा होता है रुद्राक्ष जी हाँ रुद्राक्ष आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइए कि क्या ऐसी शक्ति है जो आपके ऊपर हावी हो रही है और जो भी रुद्राक्ष होगा एक से चौदह मुखी तक होते हैं कहीं कहीं जो है चौदह मुखी के ऊपर भी देखने को मिलते हैं तो जो भी रुद्राक्ष होगा वो रिकमेंड किया जाएगा जो भी जिम होगा वो रिकमेंड किया जाएगा तो अपनी कुंडली का विश्लेषण आप लोग जरूर करवाइए हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए और हाँ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पुराने भी हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन आप लोग जरूर दबाइए ताकि ज्योतिष से संबंधित ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक मिलती रहे दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार